वेलकम बैक टू चैनल नेम इज़ सबकी प्यारी वीरा सो so, आज ब्लॉग नंबर फाइव आ गया है जिसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं अपने फ्रेंड्स से मिलवाने वाली हूं और साथ में मैं जो खेल खेलती हूं वो सारा आपको आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूं सो so, हैप्पी लोहड़ी और यहां पर मैं अपने घर में हूँ अभी थोड़ी देर में चलेंगे हम तो मैं। so, अभी मैं सोची अभी स्टार्ट कर ली तो आपसे थोड़ी थोड़ी बातें हो थो जाएंगी सो so, अब ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा सफाई so, चलते नीचे भी देख लेते हैं कि वो तैयार हुई कि नहीं हुई मेरी बहन तो बहुत डाइट मिक्स होगा इस यहाँ पर मेरी बहन भी तैयार हो चुकी है जिससे मैं आपको को मिलवा देती हूँ सो so, ये है मेरी बहन और ये है मैं चलिए रुपए नीचे है तब आप लोगों को, को मिलती हूँ सुबह आप लोगों को बोला लोगों नहीं आ रही है और किसी को भी टाइम पानी में कौन आएगा चलिए स्टार्ट लोग जल्दी भागो रुको इधर आ जाए आज मेरी वीडियो में इतना ही था सो तो तब तक के लिए बाय बाय